फ्रेंड यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनाने के लिए आप कैनवा एप्लीकेशन पर जाएंगे यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे यूट्यूब थंबनेल पर जाएंगे यहाँ टैंपलेट आ रही हैं लिखी हुई गेमिंग फूड म्यूजिक आप आगे की तरफ आएंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका चैनल है उससे रिलेटेड टैंपलेट सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने टेक्स सेलेक्ट कर लिया अब यहाँ टैक वाली टेम्पलेट शो ऑफ हो रही हैं फ्रेंड जिन टैम्पलेट के आगे प्रो लिखा है उनका पेमेंट करना होगा बाकी बहुत सारी टेम्पलेट ऐसी हैं जिनके आगे प्रो नहीं लिखा आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर ली अब आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे इम्पोर्ट फाइल पर जाएंगे और अपने मोबाइल से कोई भी इमेज ले लेंगे जो आपको अपने थंबनेल पे लगानी है अब इस इमेज को अपनी फिंगर से इस साइड ले आएंगे और नीचे इस तरह से इंक्रीज करेंगे इस तरह से इंक्रीज कर इस तरह से अपनी फिंगर से इंक्रीज़ कर लेंगे इमेज सेलेक्ट करने के बाद बाहर आप कहीं भी क्लिक कर देंगे अब यहाँ जो भी लिखा है आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ आप अपने चैनल का नेम दे सकते हैं एडिट पे क्लिक करेंगे इसको आप फिंगर से इस तरह से कहीं भी अरेंज कर सकते हैं अब बाहर क्लिक करेंगे अब जो नीचे लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे उस पर भी आप कुछ टैक्स दे सकते हैं अब उस टैक्स के बाहर क्लिक करेंगे जो टैक्स लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अब कोई सा भी फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज पे जाएंगे यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ भी इनक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से आप फिंगर से करेंगे ये फ़ॉन्ट साइज़ भी इनक्रीज़ कर सकते हैं आप जो टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे आगे की तरफ आएंगे अब कलर के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ से आप कोई भी कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं बाहर की तरफ आएंगे आगे की तरफ जाएँगे फॉर्मेट पर जाएंगे, जाएंगे यहाँ से आप लेफ़्ट राइट सेंटर में मूव कर सकते हैं इस्पेसिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपने जो लेटर लिखे हैं उनके बीच में स्पेसिंग करने के लिए आप इस तरह से फिंगर से करेंगे तो थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा आगे जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। आपने यहाँ टैक्स सेलेक्ट कर रखा है अब आप कोई सा भी इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे आपने होलो करा तो टैक्स इस तरह से हो गया इस तरह से आप अलग अलग टाइप से इफेक्ट भी दे सकते हैं आप टैक्स सेलेक्ट करेंगे आगे जाएंगे एनीमेट पर क्लिक करेंगे आप कोई सा भी एनीमेट सेलेक्ट करेंगे तो आपका टैक्स भी उसी तरह से शो ऑफ होगा आप ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे यहाँ से आप इसको ऐसे इस तरह से कम ज़्यादा करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे ये थोड़ा फेड हो रहा है बाहर क्लिक करेंगे पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ से आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं आपने टैक्स सेलेक्ट किया हुआ है आप ये चाहते हैं टैक्स बिल्कुल सेंटर में आए तो सेंटर पर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड पर जाएँगे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यह आपके मोबाइल में डाउनलोड हो चुकी है